एनसीएल लगातार मनमाने तरीके से भूमि अधिग्रहण कर रहा है और विस्थापित लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा लोगों की समस्याओं को देखते हुए सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने और भारतीय विस्थापित संघ ने मिलकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों को इकट्ठा कर उनके साथ प्रदर्शन किया सैकड़ों लोगों ने सिंगरौली विधायक राम वैश्य और भारतीय विस्थापित संघ की अगुवाई में खदान का कार्य अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया यह प्रदर्शन एनसीएल के, के लिए अधिक लोगों को सही पुनर्वास योजना का लाभ न देने और भूमि अधिग्रहण में विसंगतियां एवं मुआवजा नीति को लेकर किया गया सिंगरौली में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है की एनसीएल द्वारा सी एक्ट के माध्यम से मढौली पंजरेह चटका एवं मुहेर की भूमि अधिग्रहण का भुगतान भू भु अर्जन अधिनियम 2013 के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ 12 प्रतिशत एडिशनल मार्केट वैल्यू के रूप में दिया जा रहा है लेकिन अन्य जो कि भूमि से संबंधित है जैसे मकान पेड़ बोरवेल कुआं आदि के प्रतिकार पर प्रतिशत एडिशनल मार्केट वैल्यू नहीं दी जा रही है तीसरी या ज्यादा नौकरी बताकर वंचित कर दिया जाता है उन्होंने कहा की प्रत्येक अधिग्रहण में रिहायशी विस्थापितों को जो की सी बी एक्ट धारा नौ के पूर्व रहवासी का प्रमाण प्रस्तुत करे उन्हें प्रति बालिक व्यक्ति को 40 साठ का प्लॉट दिया जाए या प्लॉट की राशि 8 लाख 800 दी जाए इसी प्रकार दूधी क्षेत्र के पात्र विस्थापितों को भी जिन्हें प्लॉट अभी वर्तमान तक नहीं दिए गए हैं उन्हें भी प्लॉट की राशि 8 लाख दी जाए इन तीन मुख्य मांगों सहित कुल नौ सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र में जोड़ा गया जिसके बाद घंटों विचार करने पर जयंत जी सहित एन मुख्यालय के अधिकारीगणों ने लोगों की जायज मांग को मानते हुए उन्हें अति शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया आज आजर्शन किया गया को देकर आज किया है की से और दो हजार में जो स्थापित थे घर बना के वो घर भी गए पर उनको प्लाट मिला उसके बदले कोई पैसा ये, ये संबंध था जिस पर आज निर्णय हुआ कि अब चालीस बाई का साठ का प्लाट उनको दिया जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का